Hi guys, this is Rahul Zayi. Welcome to our YouTube channel. In this video, I will give you a very deep knowledge about uh, graphic designer, prepress and and flexo packaging Okay? <laughs> <laughs> हम, DPI, PPI and LPI must अपना graphic के अंदर printing के अंदर packaging के अंदर इन चीजों की knowledge एक graphic designer को prepress designer को और मेरा मेरा खुद का मानना है कि शायद अगर मार्केटिंग का बंदा है पैकेजिंग के अंदर तो उनको भी होनी चाहिए अगर कोई ओनर है पैकेजिंग की चला रहा है तो उनको भी इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अगर वो अच्छी पैकेजिंग करना चाहता है अच्छी प्रिंटिंग देना चाहते हैं क्योंकि वो करोड़ों की मशीन तो लगाते हैं बट एक कहीं पर जाके एक चीज होती है कि उनका फोकस नहीं जा पाता की इमेज की क्वालिटी या किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्यों डल गई हुई है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीनें लेके आते हैं और प्लेट या सिलेंडर अच्छी क्वालिटी के बनवाते हैं बट कहीं कही ना कहीं वो एक चीज को इग्नोर कर जाते हैं कि कि को सबको पता है कि LPI का मतलब आ, वो कितने की प्लेट बनवा रहे हैं 150 डीपीआई के मतलब डॉट पर इंच और पीपीआई का मतलब पिक्सल्स पर इंच और एलपीआई तो मैं आपको बता चुका हूं 175 150 ओके okay. लेकिन ये पीपीआई कितना मस्ट है कितने ये पीपीआई कितना मस्ट है अगर आप कोई भी जॉब प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी डिजाइन प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी ये नहीं है कि आपके एलके पर डिपेंड होगा ओके देखो एलपीआई जो हम डॉट बनाते हैं 150 170 लाइन पर इंच ओके okay. और और PPI PPI पर इंच जो रेजुलेशन, जो इमेज इमेज हम देखते हैं कितने रेजुलेशन की इमेज है, और कितने की की है है आपको आपको चाहिए चलो मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता ये कि कितना मस्त अपने को कोई भी जो करते हैं ओके लेट्स स्टार्ट ये मैं दिखा रहा आपको शांत और ये, ये, आ रही है बीड़ बीड़ में। और ये के अंदर भी ब्रेकिंग आ रही है बीच तो तो हम कैसे की ये प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप, आप लोगों ने आज तक देखा नहीं है ये चीज आप लोग आज तक देखनी पड़ेगी ये आप कैसे मेरे ये ये ये ये चेक चेक करने की बात है। ये ये है ये है। आप आप कैसे करोगे? सबसे चीज कि हर कोई मिस करता अच्छी आपके पास ओके okay, करोड़ों की मशीनें है उनपे मतलब कि आप हर चीज चेक करते हो कि प्रिंटिंग करते हो टेप टेस्ट भी करते हो सरफेस भी चेक करते हो लेकिन एक कहीं ना कहीं एक चीज मिस करते हो जब किसी भी कस्टमर का डिजाइन आता है वो उसके अंदर मतलब आज करते हैं ये एक अपना स्क्रीन तक सीमित है ये रेजुलेशन हम करते हैं ये वेब तक मतलब की मतलब जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वो डिजाइन से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए या फिर एक बार प्लेट बनने के बाद या सिलेंडर बनने के बाद किसी भी तरीके की आपको फेस ना करनी पड़े तो उसके लिए क्या आपके लिए पास सोल्यूशन है थ्री हंड्रेड रेजुलेशन की आपके पास इमेज होनी चाहिए थ्री हंड्रेड बट वो 300 अगर मैं 72 को थ्री हंड्रेड में कन्वर्ट करके देता हूँ तो वो आप कैसे आपका प्रीप्रेस का डिजाइनर या आप उसको चूज करोगे कि ये इमेज ठीक नहीं है मोस्टली क्या होता है कि 72 में ही आती है बट आपको तो 300 में लेनी है अपने कस्टमर को बोलिए वो किसी भी साइट पे जाके अच्छी पे जाके या तो इमेज परचेज करें या फिर वो कैमरा सूट से अपना क्यों भी सूट कराने के अपना डिजाइनिंग में डाले मोस्टली लोगों के अंदर क्या होता है कि सस्ते से सस्ता डिजाइनर देखते हैं वो वहां पर क्या आता है प्रॉब्लम ये ये जो चीज है ना सेवेंटी उसके अंदर ना तो वो क्वालिटी आती है ओके फिर अपना आप मशीन पे जॉब लगाते हो उसमें क्या होता है कि प्लेट अगर Uh, के अंदर कहीं भी मतलब लगता है कि ये इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो वहां पे ढूंढते हैं ये क्यों नहीं आ रही वो जिसका ऑर्डर है, है, तो है वो भी बोलते हैं अभी मैं आपको ना ये इमेज दिखा रहा हूँ अपना जो अक्रोट वालनेट की है आपके सामने एक आप इमेज देख रहे हो ये ओके मैं जो माउस दिखा रहा हूँ आपके सामने ये गिला दिखा रहा हूँ आप ये देख रहे हो ये जाना जूमको जूमआउट कर देता हूँ अभी दोनों के रेजुलेशन में क्या फर्क है दूसरी डिटेल, डिटेल इमेज का इसका सेवनटी है अब मैं आपको इमेज को जूम करता हूँ ये देखिए ये वाली इमेज देखिए आपको थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है ओके ये सेवनटी टू है यह ऐसा नहीं है मैंने आपको करके दिखाई ये सेवनटी टू है और ये तो मैंने जो अपना 300 है, 300 है को 72 में कन्वर्ट करके लिखा है आपको ओके? ये और इस 300 वाले को ज़ूम कीजिए, ये कितना शार्प नजर आ रही है ओके और ये आप जूम कीजिए ये कितना धुंधला नजर आ रही है और जो मैं ज्यादा जूम कर रहा हूँ तो पिक्सल्स भी नजर आ रहे हैं जिसको आप पिक्सल्स बोलते हैं जिसमें मैंने अभी आप आपको वीडियो में बताया की पिक्सल्स पर इंच ओके तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी आपको प्रिंटिंग के अंदर आपकी प्रिंटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती है क्वालिटी अच्छी दिखाती है तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी और अपने कस्टमर के साथ ये चीज़ें शेयर करनी भी होगी कि हमें 300 थ्री रेजुलेशन की इमेज चाहिए अभी मैं आपकी अगर 72 को कुछ लो करते हैं कि 72 को क्या करेंगे 300 हंड्रेड में चेंज कर देंगे इमेज होती है वो बड़ी शार्प होती है जैसे अभी मैं ये, ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में ये इमेज है तो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रही है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये देखिए जूम करके भी दिखा रहा हूँ जूम इसकी क्वालिटी देखिए इसकी शार्पनेस देखिए और ये साथ में ये है। और ये देखिए ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये और अगर मैं इसको 100 करता हूँ 100 पे कितनी ये आपको ब्लर नजर आ रही है और ये दूसरे वाली इमेज को मैं 100 पे करता हूँ 200 पे कितनी शार्प नजर आ रही है ये चीज होती है और जो मैं अभी आपको आ, एक सेकेंड ये जो डोट्स की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने ये इमेज दिखा रहा हूँ मैं डोट्स की बात कर रहा हूँ ये डोट्स आप अपने प्रिंटिंग के कैसे चेक करोगे ये आ, अभी मैं आपको बताता हूँ ठीक है ये प्रिंटिंग के डॉट आपसे शेयर कर रहा हूं कि ये जो आप डॉट देखते तो हो सबके पास एसको के या किसी भी डाई वाले से आपने लिया है तो उन ग्लास हम ये नॉर्मल डोट्स विजिबल नहीं होते जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ बट के लिए एक आपके पास स के के आप को यूज करता हूँ काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूँ काफी अच्छा आई ग्लास है आप इस आई ग्लास को अगर यूज करते हो तो आपको समझ में आएगा कि इस आई ग्लास की मदद से वो अपने किस तरह के सैंपल पे मैच कर सकते हो या ये आई ग्लास आपको काफी अच्छा भी लगेगा और आपकी प्रीप्रेस के अंदर हेल्प करेगा अगर आपको ये आई ग्लास चाहिए तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है और लिंक पे जाके आप इसको क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हो इजीली इस इसका इस अच्छा, आप, तो आप भी नहीं फेस कर पाओगे अगर इस ग्लास को यूज करते हो तो, तो प्लीज डोंगेट दिस आई ग्लास आप लिंक पे जाओगे तो एमेजोन का मैंने लिंक दिया हुआ है इस आई ग्लास को परचेज करने के लिए ओके और आई थिंक ये वीडियो मेरे आपको लोगों को काफी अच्छी लगी होगी इस वीडियो को आप शेयर करना सब्सक्राइब करना लाइक करना और लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता है और इससे अच्छी वीडियो की पैकेजिंग की और प्रिंटिंग की मैं आपको आगे भी दूंगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें जय हिंद